नमस्कार तो स्वागत अभिनंदन तुला राशि के जातकों फरवरी माह आपके लिए कैसा व्यतीत होगा इस विषय पर आज हम प्रकाश डालेंगे साथ ही साथ फरवरी माह को दिव्य बनाने के लिए ऐसे कौन कौन से विशेष उपाय हैं जिसको करके आप लोग यथेष्ट फलों की प्राप्ति कर सकते हैं दर्शकों आगे बढ़ें उससे पहले फरवरी माह के आखिर में प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं इस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं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 तुला राश के वाद वाद के जातकों में में क्षमताओं का होगा। विवाद तथा कोर्ट कचहरी मामलों आपको सफलता मिलेगी यदि आप यदि आप आप जज हैं, हैं, वकील है, तो निश्चित ही इसमें आपको विजय मिलेगी। आप लोग अपने तर्क के दम पर अपने बहस के बलबूते पर अपने सबूतों के आधार पर अपने क्लाइंट को आप लोग मुसीबतों से बाहर ले जाएंगे संतान सुख से यदि वंचित थे तो ये माह आप लोगों को उत्तम संतान सुख की प्राप्ति करा करके ही रहेगा आपके दांपत्य जीवन में आनंद आएगा वहीं तुला राशि के जात को इस माह कुछ लंबी दूरी की आप लोग यात्राएं करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और इन यात्राओं में अधिकतर यात्राएं आपके बिजनेस के सिलसिले में होगी आप लोग अपने कार्य के क्षेत्र से देश की विदेश की यात्राएँ कर सकते हैं इन यात्राओं से आपको निश्चित ही लाभ होगा अज्ञात अनचाही विपत्ति से इस माह देखिए आपको छुटकारा मिलेगा आपके ऊपर कोई विविता आने वाली होगी लेकिन आपके माता पिता के पुण्य प्रताप से पुण्य कर्म से आपको उनसे जो है एक दैवीय रूप से आपकी रक्षा होगी जो लोग धातुओं से संबंधित बिजनेस करते हैं जैसे लोहे से संबंधित हो गया सोने चांदी से संबंधित हो गया पीतल से संबंधित हो गया तांबे से संबंधित हो गया उनको लाभ निश्चित मिलेगा इस माह तुला राशि के जात यदि आप लोग सरकारी नौकरी में जॉब करते हैं तो आपका प्रमोशन अभी तक नहीं हुआ तो इस माह निश्चित आपको प्रमोशन वगैरह मिल जाएगा भले ही अगले मंथ से उसका आपको दैनिक वेतन भोग या वेतन लाभ मिले पद प्रतिष्ठा प्रभाव तथा आर्थिक संबंधों में ये माह उन्नति कारक आपके लिए रहेगा सैलरी में इंक्रीमेंट भी लग सकती है आपके संबंध किसी विशेष व्यक्ति से बनेंगे जो कि आगे आपके भाग्य में उन्नति प्रदान करेंगे इस माह आपका विशेष तौर पर भाग्योदय जो होगा ये विदेश में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपका मन किसी महिला के प्रति आसक्त हो सकता है या आप यदि महिला है तो किसी पुरुष के प्रति आसक्त हो सकता है चूँकि दर्शकों मास में जो है गुरु तथा शनि का गोचर पिता अथवा पिता तुल व्यक्तियों के लिए थोड़ा सा कष्टप्रद रह सकता है आपके पिताजी को जो है थोड़ा सा कष्ट हो सकता है दवाओं में उनका पैसा आपका पैसा लग सकता है और कुछ विरोधी आपके जो है थोड़े समय के लिए ही सही वो अपना सर उठाते हुए नजर आएंगे यात्राएँ यदि कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलिएगा अन्यथा कोई लगेज वगैरह आपका चोरी हो सकता है कार्य क्षेत्र के लिए फरवरी महीने का जो पूर्वार्ध रहेगा ये थोड़ा सा डाउन रहेगा लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है ये माह ओवरऑल सिर्फ तुला राशि के जातकों के लिए ही है शिक्षा के मामले में इस महीने तुला राशि के जातक काफ़ी भाग्यवान रहेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तुला राशि के जातकों को उम्मीद से बेहतर परिणाम हासिल होते हुए दिख रहे हैं तुला राशि के जातकों पारिवारिक जीवन के लिए ये माह काफ़ी जो है अच्छा रहने वाला है आ, लेकिन माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आप जो है टेंशन में आ सकते हैं नए प्रेम संबंधों की शुरुआत होगी और ये प्रेम संबंध आपके आगे चल करके विवाह में परिणती हो सकते हैं आ, एक बात और बता दे तुला राशि के जातकों कि यदि आप शादीशुदा हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि दूसरे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती संबंध मत बनाइएगा अन्यथा आपकी कोई रास की बात आपके जीवन साथी के सामने खुल सकती है और आपका झगड़ा हो सकता है आपके पार्टनर को कुछ शारीरिक समस्याओं से इसमार जूझना पड़ सकता है फरवरी का महीना आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अनुकूल रहने की संभावना रहेगी तो ओवरऑल ये तो था तुला राशि के जातकों का फरवरी माह कैसा रहेगा हमने सभी विषयों पर प्रकाश डाला है अब इस माह को प्रभावी बनाने के लिए उपाय क्या करना रहेगा तो देखिए सबसे पहले बुधवार वाले दिन किसी अनाथालय में या किसी नेत्रहीन व्यक्ति को आपको कुछ मीठा खिलाना रहेगा देखिए तुला राशि के जो स्वामी ग्रह हैं ये हैं शुक्र और शुक्रदेव भी देखिए एक आँख से अंधे हैं भगवान विष्णु ने इनकी आँख एक फोड़ दी थी तो यदि आप नेत्रहीनों की सेवा करते हैं उनको कुछ मिष्ठान सामग्री खिलाते हैं तो निश्चित ही शुक्र का लाभ आपको मिलेगा शुक्रवार के दिन आपको करना क्या रहेगा हर शुक्रवार को गुलाब का फूल लेना है और दुर्गा जी के मंदिर में जा कर के उनको अर्पित करना है दुर्गा जी के 32 नामों का पाठ वहीं पर आपको खड़े होकर के करना रहेगा वही मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में जा करके बेसन से बना हुआ कोई प्रसाद आपको चढ़ाना रहेगा चूंकि तुला राशि के जातकों शनि की ढैया प्रारंभ हो गई है तो दशरथ के शनि स्त्रोत का पाठ आप लोग नित्य करें आपके लिए नितांत आवश्यक है एक बात और बताएं करोड़ों लोगों की राशि तुला राशि है अब इसके लिए क्या करेंगे तो आपका जिस जगह जन्म हुआ होगा जिस समय हुआ होगा और जिस तिथि में हुआ होगा उसके आधार पर एक जन्म कुंडली तैयार होती है तो आप अपनी कुंडली का चाहे तो हमसे विश्लेषण करवा सकते हैं या हमसे पर्सनली मिलकर के या टेलीफोन के माध्यम से आप लोग स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं तुला राशि के जात को शुभ दिवस पर आ जाते हैं इस माह के जो शुभ दिवस आपके लिए रहेंगे तो एक तारीख रहेगी चार तारीख रहेगी सात तारीख रहेगी दस तारीख रहेगी उसके बाद बारह तारीख रहेगी चौदह तारीख रहेगी अट्ठारह तारीख रहेगी इक्कीस तारीख रहेगी बाईस तारीख रहेगी अट्ठाईस तारीख रहेगी ये शुभ दिवस है प्रतिकूल दिवस की ओर चलते हैं तो तीन तारीख पाँच तारीख नौ तारीख ग्यारह तारीख तेरह तारीख पंद्रह तारीख बीस तारीख तेईस तारीख और पच्चीस तारीख ये प्रतिकूल दिवस रहेंगे भाग्यशाली वहीं कलर पर जाते हैं तो इस माह सबसे ज़्यादा भाग्यशाली कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट एंड पिंक वहीं भाग्यशाली अंक पर जाते हैं तो अंक दो और अंक साथ ये सर्वथा आपके लिए भाग्यशाली अंक रहेंगे तो ये तो था तुला राशि का ओवरऑल राशिफल दर्शकों यदि आप लोगों को भी अपना विस्तृत राशिफल देखना है तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं कैरियर राशिफल हमने तैयार कर दिया है आर्थिक राशिफल आप लोगों के लिए इंडिविजुअल तैयार कर दिया है प्रेम राशिफल आप लोगों के लिए तैयार कर दिए हैं बस आप लोगों को जा करके बस देखने की ज़रूरत है हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए दीजिए इजाज़त मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद